मेड इन चाइना ये चाइना वाले अपने हर सामान के पीछे लिखते हैं मेड इन चाइना यहाँ तक एप्पल यूएसए की कंपनी है और ये लोग अपने मोबाइल को यूएस कैलिफोर्निया में डिजाइन करते हैं इसके पीछे भी लिखा रहता है डिजाइन बाई एप्पल इन कैलिफोर्निया एंड असेंबल इन चाइना पूरी दुनिया में कहीं के लोग भी मेड इन चाइना लिखा हुआ प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहते और ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं है जिसके तहत सबसे ज्यादा विजिबल जगह आरोप ये लिखा हो की वो प्रोडक्ट कहाँ बना था उसके बावजूद भी ये चाइना वाले हर प्रोडक्ट के ऊपर क्यूँ लिखते हैं मेड इन चाइना तो मजेदार जानकारी देंगे तो वीडियो को अंत तक देखे और चैनल को फॉलो करते लाइक जरूर करें ताकि इतनी मजेदार जानकारी आप तक तो पहुंचे और मैं आप सभी से जुड़ी रहूं। दरअसल चाइनीज प्रोडक्ट के खिलाफ भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में कई बार अभियान छेड़े गए और आज भी चाइना में बनने वाले हर प्रोडक्ट के पीछे लिखा रहता है मेड इन चाइना जब 1970 में चाइना में कई सारे राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे तो ऐसे में चाइना ने अपने प्रोडक्ट के पीछे मेड इन चाइना लिखना शुरू कर दिया जिसकी वजह ऐसी चाइना में काम करने वाले हर मजदूर को चाइना की तरक्की में डायरेक्ट अपना कॉन्ट्रीब्यूशन महसूस हुआ और इसीलिए चाइना दुनिया के सबसे बड़ा मैन्युफेक्चर हब में कन्वर्ट हो गया